तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते सब लोग मच्छर आगे ही बढ़े हुए तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद बहुत रिसर्च करने के बाद आखिरकार मुझे लिंक प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया मतलब हमारा जो लिंक प्रॉब्लम हो रहा था आप लोगों को पता है हमारा लिंक ओपन नहीं हो रहा था मतलब नो no इंटरनेट का इशू हो रहा था तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो देखो भाई लोग आप लोगों को टेंशन मत नहीं ले करने का क्योंकि अब से जो लिंक होता है ना उसमें बस क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा इस बात का गारंटी मैं आपको ले रहा हूँ मतलब लिंक प्रॉब्लम सोल्यूशन हो चुका है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आप लिंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा पहले की तरह पहला जब प्रॉब्लम हो रहा था जब भी आप डाउनलोड करने जाते थे आपका डाउनलोड नहीं हो रहा था मतलब नो इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो चुका है तो देखो भाई लोग आज का जो कॉन्फ्यूफा होने वाला है ये ये आपको आपको होने वाला है ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ और एक बात आज मतलब भूखा रहा है इसलिए जो वॉइस कुछ अलग अलग आपको लगेगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे लंबा नहीं करेंगे तो चलो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देते हैं तो देखो सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लोर कर लेना वीडियो में पासवर्ड है तो देखो इसके अंदर चला गया इसके अंदर ये फाइल है आपको सिंपली इसको कट कर लेना है कट क्या फिर कॉपी कर, कर सकते हो तो गलत हो गया देखो तो इसको मैं कट कर लेता हूँ क्या कर फिर कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको कट कर लिया फिर कट करने के बाद आपको डिवाइस मेरे पर चले जाना है और फिर से आपको एंड्रॉइड पर क्लिक करना है फिर आपको डेटा पे क्लिक करना है डेटा पे जाने के बाद आप जो खेलते हो उसमें क्लिक कर दीजिए तो मैं, मैं मैक्स खेलता हूँ फिर फाइल्स के अंदर फिर कंपलसरी और यहाँ पे आकर आपको सिंपली पेस्ट करना है बस इतना सा कर दीजिएगा आपका अकाउंटिंग तैयार ओ हाँ एक और बात गाइस एक ज़रूरी बात है मतलब मैं आपको बोलना भूल गया था ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये बहुत पुराना गेम प्ले है क्योंकि मतलब बुखार था ना इसलिए मैं गेम प्ले भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया बहुत ही तेज बुखार है तो आप लोग दुआ करना बहुत जल्दी ठीक हो जाओ और ठीक होने के बाद फिर से तगड़ा तगड़ा क्वॉन्टीफायर लेके आऊँगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और इसका अप्लाई प्रोसेस जो नया होगा अगर अप्लाई समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा अप्लाई प्रोसेस कैसे है